तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुझे देख ही रहो कि मैं आप कहाँ आ चुका हूँ नानक बता आ चुका हूँ और खासकर एंट्री गेट पे ही एक चीज़ देखने को मिल गई जो अंदर सेल्फी स्टैंड वगैरह कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते अंदर ले जा सकते हैं लेकिन मेन अंदर की फोटोस खींचना अलाउड नहीं है तो चलिए अंदर चलते हैं ज़्यादा अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा आज सो so, ज़्यादा अंदर का नहीं दिखा सकता मैं चारों ओर का एरिया देख लीजिए अंदर जाना सख्त मना है ये रहा चारों ओवर का एरिया और कुछ सख्त नियम है यहाँ के ये देखिए यहाँ का पालन जरूर करें यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी कुछ भी खींचना मना है इसलिए मैं भी अंदर ज़्यादातर नहीं दिखा पाऊँगा आपको एंट्री गेट दिखा देता हूँ आपको चारों ओर का पार्क है गार्डन है अच्छा है जगह अंदर नहीं जा सकते फोन लेके खाली बाहर ही बाहर दिखा सकते हैं चारों तरफ का गार्डन नानक आए ना हूँ गुरुद्वारे नानक माता साहेब गए सब तो पहले है आईए प्रशाद मैंने मतलब शूट रखने की सिंपल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे वहाँ पे फ़ोन कैमरा कुछ भी आप अंदर नहीं ले जा सकते थे और मैं बाहर बाहर का शूट कर रहा था जैसा आपने देखा था लेकिन मेरा बाहर भी जो था फ़ोन और कैमरा दोनों ले लिए गए थे वहाँ पे तो फिर इसके चक्कर में ब्लॉग आगे शूट नहीं हो पाया मैंने आपको दिखाई है वहाँ पर मेरा कैमरा रखवा लिया गया है वहीं तक ब्लॉग आया था तो वीडियो इतना आया उसके लिए सॉरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें Okay bye